मुझे हेलो यस ना बोलिए हेलो यसा नोलिये मुझे ये कहना है बड़ी विनम्रता से और राजगारू के लिए मुझे बहुत आदर है सम्मान है मेरे छोटे भाई हैं वो मैं बड़े प्यार से कहना चाहता हूँ कि पिछले साल एक फिल्म आई थी उसका नाम था ओ माय गॉड उसमें भूमिका प्रमुख भूमिका थी परेश रावल की परेश रावल ने हिंदू धर्म के सारे देवी देवताओं को इसी तरीके से जो मूर्ति बाजार में बेचे जा रहे थे उनका इतना मजाक उड़ाया इतना मजाक उड़ाया और सारे के सारे देवी देवता और साधु संतों के ऊपर उन्होंने पूरी तरीके से व्यंग बाण छोड़े किसी ने आपत्ति नहीं की क्यों क्योंकि परेश रावल हिंदू है एक्टर है वो yes. लेकिन इस बार हमारे राजगारू या दूसरे लोगों को आपत्ति इसलिए हो रही है कि आमिर खान मुस्लिम है लेकिन राज हिरानी राजू हिरानी जो उसके डायरेक्टर हैं, वो हिंदू हैं, जो yes. उसके प्रोड्यूसर हैं उनको मैंने बधाई दी है वो भी हिंदू हैं, सारे कास्ट 99% सारे के सारे हिंदू हैं उसके अंदर उनको कोई तकलीफ नहीं हुई सेंसर बोर्ड ने इसको पास किया उन... एल के अडवाणी लालकृष्ण अडवाणी वो बोल रहे हैं कि ये वंडरफुल मोस्ट करेजियस फिल्म लाल कृष्ण अडवाणी एक हिंदू नेता हैं उनके द्वारा ये कहा जा रहा है मोस्ट वंडरफुल करेजियस फिल्म इतनी बात सब कुछ होने के बावजूद जो लोग ये कर, काम कर रहे हैं कि हिंदू भावना को ठेस पहुंची मनोभावा मनोभा मैं समझना चाहता हूं कि सारे हिंदू का ठेकेदारी आप मत लीजिए yes, कुछ दूसरे लोग भी हैं समझदार लोग भी हैं हिंदू के अंदर और वो चाहते हैं कि ऐसी फिल्में दिखाई जाए ज्यादा से ज्यादा लोग देखें मैं केसीआर को चिट्ठी लिखूंगा चंद्रबाबू नायडू को चिट्ठी लिखूंगा सारे चीफ मिनिस्टर्स को कि आप इसका टैक्स एग्जाम्शन हटाइए टैक्स एग्जाम्शन दीजिए इसको और लाखों करोड़ों नौजवान देखेंगे वैज्ञानिक चिंतन बढ़ेगा धर्म के नाम पर लूट खसोट ठगी धोखा धड़ी ये बंद होनी चाहिए और हम सच्चे ईश्वर की उपासना करें जो ईश्वर हमें बनाता है हम उसकी पूजा करें न कि उस ईश्वर की जिसको हम बनाते yes, हैं कारीगर बनाता yes, है पचास और दो सौ रूपये में हम खरीदते हैं यस थैंक्स अग्निवेश करू